कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कृषि संबंधित योजनाएं बनाने के लिए धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार किसान हितेशी है और वो किसानों का दर्द बखूबी समझती है मुख्यमंत्री खेत किसान सड़क योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में किसानों को लेकर कई घोषणाएं की थीं, जिस पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में किसान हूँ हम सब किसानों का दर्द समझते हैं जब किसान सुबह चार बजे बरसते पानी में खेत के अंदर जाता है तो उसे किन प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इससे मैं और मुख्यमंत्री विदित हैं इसीलिए मुख्यमंत्री खेत किसान सड़क योजना लाकर है वरदान साबित होगी आज विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण आरोप प्रस्ताव का उत्तर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की है साथ ही किसानों के लिए उन्होंने किसानों का का स्वयं ट्रांसफार्मर अनुदान पर प्रारंभ करने की जो योजना है उसको प्रारंभ करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना प्रारंभ होगी उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का किसानों की ओर से प्रदेश के किसानों की ओर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ क्योंकि तो किसान को सबसे अधिक काम पड़ता है अपने खेत में जाने का सुबह चार बजे उठ वो किसान खेत की ओर जाता है मजदूर जाता है महिलाएं जाती है बच्चे जाते हैं मवेशी जाते हैं लेकिन बारिश के समय कीचड़ में होने के कारण लेकिन अब मुख्यमंत्री सड़क से बढ़िया ग्रेवल रोड बनेंगे ताकि बारिश में भी किसान अपने खेत में जा सकता है और किसान महिलाएं मजदूरों बच्चे सभी को और मवेशी तक को उसका लाभ मिलेगा इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है